<laughs> मैं ले रहा ठीक है लेकिन जो कपड़े रखने के लायक नहीं है उसे तुम फेंक सकते हो मुझे दूसरे फ्लोर को भी अच्छे तरह साफ करना है अरे ये क्या मुझ पर तो धूल जमी है मैं अपनी पॉकेट को अलग कर देता हूँ मैं वापस आ गया हा? तुम क्या कर रहे हो मैं माम की मदद कर रहा हूँ वो पूरे घर की सफाई कर रही है

जीते <laughs>

गया <laughs>

काम हो गया हुँ, हुँ, सुनो कोई बेकार की चीजें हैं क्या

नोबिता ये सामान भी ले लो जियान इसके अंदर क्या है इसमें कंबल है और भी लोग हैं जिनके पास फेंकने के लिए चीजें हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो इसे भी फेंक दो ये एकदम फ्री है है ना तुम्हारा शुक्रिया नोबिता पता नहीं डोरेमोन कहाँ चला गया

शायद ये एक रघुन डॉग है ये तो है। उपा, उपा। पता नहीं है कौन सी भाषा है ये हाँ, कैसे हो? गाबा, तरेरी, तरेरी। ये क्या बोल रहा है? मुझे नहीं लगता ये मुझे समझ पा रहे हैं। मैंने इनके कपड़े कहीं पर देखे हैं अच्छा ठीक है

चौबीस <laughs> <laughs>

उनका समय है जैसा कि मैंने सोचा था कि उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन चीजों को हमने फेंका था ला ला ला, खुशी दे दे दो दो बरकत सब कुछ ठीक मिल गया लेकिन नोबता बताने ये बना था उसके टाइटल में तो दोस्त लिखा था दिखने में तो ये खोला

उसने क्या बनाया है?

हमेशा मेरी मदद करता है अरे लगता है इसे भी फेंक दिया

कौन ख सकता है कम से कम

दूसरे की बातें समझ नहीं सकते

नहीं नहीं, आए? तुम में किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे लिए पर आया और मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जल्दी हमारे पास जो पड़ी हुई चीज़ें हैं इन्हें का इस्तेमाल करके कुछ बनाना होगा जो काम आ सके आ। ये ठीक रहेगा हमें इन सब से कहना होगा कि हमारी मदद करें।

और एक बात बताओ यह अच्छा बनाया था ना मतलब ये घोड़े का सर

मैंने देखा कि ये मिट्टी की मूर्ति जो के टाइम की है ये तो कमाल है मिट्टी की मूर्ति एक बड़ी इसे कहते हैं बॉगल आइट क्ले फिगर लेकिन ये अभी तक पता नहीं चला कि उन्होंने चश्मे जैसी आंखें क्यों बनाई हो सकता है